शौक नहीं मन टूटन का दिल बोत करे है उठन का मनाने आला कोई भी नहीं मनाने आला कोई भी नहीं